की में सदा सदा के के लिए इसी तरह के नए नए भजन करें करें हमारे चैनल तो पर तो प्रेस हेलो दोस्तों आगे हूँ आपके सामने एक नया भजन लेके नई वीडियो लेके वीडियो को पूरा अंत तक देखना लास्ट में आपसे बात करते हैं और दोस्तों मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक बना के डाला हुआ है आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से अभी किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसमें मैं जो दूसरी चैनल पर मैं वेबसाइटें बताता हूँ जॉब करने की मोबाइल से ऑनलाइन लर्निंग करने की उसमें मैं गाइड करूँगा आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं मिलते हैं आपके अंत में बात करते हैं आपसे संघ बिच आ जाओ संग आ जाओ खुले होए लोग सचरस दे अमर लग दे मेरे साहिब लग दी मेरे साहिब दे नचा दे साहिब जी मैनू चर नच दे उड गा दे दर शल करर बुरा दे सब रोम रोम च समय होए ने आज मेरे साहिब जी सत्संग बच आए होए ने मेरे साहिब जी, तो दोस्तों जैसा की मैंने बताया था की इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है और अपने दूसरे चैनल का भी लिंक दे दिया है आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को और वीडियो को वॉच कीजिए जो भी वीडियो मैंने उसमें डाली हुई हैं वेबसाइटें है बताई हुई हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे है आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अभी किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैंने ग्रुप का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आज ही बना के डाला हुआ है हाल ही में मैंने उस चैनल पर एक वीडियो डाली हुई है बना के आप जाके वो वीडियो देखें पहले और उस वेबसाइट पर काम करना शुरू करें